आप देख रहे हैं प्राइम टीवी लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर और कार की जोरदार टक्कर हादसे में युवक की मौके पर हुई मौत दूसरा गंभीर रूप से घायल फरधान थाना क्षेत्र का बताया जा रहा मामला लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर और कार की जोरदार भिड़ंत हादसे में युवक की मौत गंभीर रूप से घायल प्रधान थाना क्षेत्र की घटना महोबा में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे श्रम विभाग के कार्यक्रम में होंगे शामिल लाभार्थियों को करेंगे लाभान्वित उन्नाव के लिए करेंगे प्रस्थान छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित तो होगा कार्यक्रम महोबा में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे महोबा श्रम विभाग के कार्यक्रम में होंगे शामिल लाभार्थियों को करेंगे लाभान्वित आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरकार